खबर राजनीति की मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा जिनके मन में चोर होता है उन्हीं को देश में डर लगता है राष्ट्रभक्तों को कभी देश में डर नहीं लगता उन्होंने चाइनीज मांझा बेचने वालों को चेतावनी दी और कहा ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाये मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निशाने पर देश का विरोध करने वाले रहे मिश्रा ने कहा जिनके मन में चोर होता है उन्ही को देश में डर लगता है राष्ट्र को कभी देश में डर नहीं लगता जिनके मन में चोर होता है न को भारत में डर लगता है सवा करोड़ का देश है किसी देश देशभक्त को भारत में डर नहीं लगता सिलेक्टिव यही यही बयान देते हैं, फिर पत्नी से बुलवाते हैं ये दरअसल टुकड़े टुकड़े गंग की मानसिकता है जो भारत को बदनाम करने की एक लंबे समय से कोशिश कर रही है। लेकिन देशवासी अब इन सबको समझ गए इसीलिए बड़े रोजगार के दावे किए फिर नीतीश कुमार जी फिर पुलिस ने कैसे कैसे कहा कल का लाठीचार्ज कहा सिर्फ सिर्फ कां, कर रहे मिश्रा ने कहा मध्य प्रदेश में कानून का राज है शिवराज सिंह चौहान की सरकार है अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी चाइनीज मांझा बेचने की सोचे भी नहीं राष्ट्र में कार्रवाई हो सकती है इसलिए खबरदार रहें कल अपने कार्रवाई परसों आपने कार्रवाई देखी होगी उज्जैन के अंदर कि चाइनीज वाले जो वाले थे उनको जो किया गया है और ये कार्रवाई का एक ही पार्ट था ये सच्चे संक्रांत आ रही है लोग पतंग उड़ाते हैं और मैं आप सबके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ और वो जो चाइनीज माजा बेचने की सोचते भी हैं वो भी कान खोल के सुन लें कि मध्य प्रदेश के अंदर उनके ऊपर का जैसी कार्रवाई हो सकती है और इसलिए बरकरदार खबरदार ये चाइनीज माजे वाले जितने भी हैं वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का